अरे नहाना हो समुद्र में तो साथ में लोटा नहीं रखते जब सपने बड़े होना डार्लिंग तो दिल छोटा नहीं